घर हमारे बड़े हो गए हैं पर दिल इतने छोटे कि उनमें एक छोटी सी गौरा भी नहीं आ पा रही घर घर की चिड़िया गौराया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है गौरया चिड़िया आंखों के सामने से कब बूझल हो, हो गई पता ही नहीं चला गांव के हाथों में अभी भी गौरया की चाहचाहट सुनाई देती है लेकिन शहरों में तो गौरया ने एकदम से मुँह ही फेर लिया हमारी और आपकी छोटी सी कोशिश गौरया को जीवनदान दे सकती है सबसे पहली बात यह है कि अगर वह हमारे घर में घोंसला बनाएं तो उसे बनाने दें हमें नियमित रूप से अपने आंगन खिड़कियों और घर के बाहरी दीवारों पर उनके लिए दाना पानी रखें गर्मियों में न जाने कितनी गौराया प्यास से मर जाती हैं इसके अलावा उनके लिए कृत्रिम घर बनाना भी बहुत आसान है और इसमें खर्च भी ना के बराबर होता है ब्रिटेन में तो यह रेड लिस्ट में शामिल हो चुकी है भारत में भी पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ सालों में गौरया की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है लगातार घटती इनकी संख्या को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब गौरैया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा गौरैया के इसी जीवन संकट को देखते हुए वर्ष 2012 हज़ार में उसे दिल्ली के राज पक्षी का भी दर्जा दे दिया गया था आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं गौरया से हमारा बचपन का